सो है गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल गाइज आज का अपना सिक्स गेम प्ले रहने वाला है सो गाइज आज का सिक्स गेम प्ले में बहुत टोटली डिफरेंट रहने वाला है सो so, गाइज चलते हैं मल्टी में मल्टी में जाके अपन फीचर्स में जाने वाले हैं फीचर्स में अपन आज स्टिक्स ऑफ द स्टोन खेलने वाले हैं स्टिक्स ऑफ द स्टोन आप पूछेंगे क्या है तो मैं बताता हूँ पहले छाती ठोक के चलते हैं मैच के अंदर सो so, गाइज छाती ठोक के जाएंगे मैच के अंदर चलो

सो गाइस टिक्स ऑफ द स्टोन का ऐसा है कि आपके पास जब फॉर सब मेटल वेपन ही रहने वाले हैं मेटल वेपन जैसे कि हो गया चाकू हो गया तलवार हो गई कोई भी आपके वो भी मेटल वेपन रहेंगे आप वो ही यूज कर सकते हैं इसमें ना ही गन है ना कुछ ना कुछ सिर्फ आपको मेटल वेपन से ही मारना है सो so गाइस आप इन्जॉय करो वीडियो को और मेरे को लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसा था सो so गाइज चलो

सो so गाइज आपको ये मेरा वाला वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना सो so गाइज चलता हूँ स्टे सेफ स्टे हेल्दी टाटा गाइज